इसमें आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया था कस्टम इंटेंट के हिसाब से बट ये सर्च जैसा नहीं है कि कोई कीवर्ड पे हमारा पैसा कटा होगा उसका कुछ रिपोर्ट आएगा है ना ठीक है और जेंडर पे अब जाओ तो यहां से हम लोग थोड़ा आइडिया अभी अभी तो सिर्फ यही दिख रहा है लेकिन अगर मान लो इसमें कन्वर्जन रहता कन्वर्जन का डेटा है ना और अगर ये हम लोग को दिखता मेल या फीमेल में कन्वर्जन रेट किसमें ज्यादा है तो हमको समझ में आता कौन सा बेटर है कन्वर्जन रेट ही मैट्रिक्स होता है या कौन सा मैट्रिक्स होता है इस इस इस डेटा में विच मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर आस एवरेज सीपीसी इंपॉर्टेंट है या कन्वर्जन uh, रेट अगर होता अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग इस अकाउंट में होता तो कन्वर्जन रेट इंपॉर्टेंट है होता या कॉस्ट पर कन्वर्जन होता क्या होता है कोई बता सकता है कौन सा मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है okay? बाकी लोग चलो फटाफट फड़। मतलब जिसके ज्यादा कन्वर्जन जिसमें से ज्यादा कन्वर्जन हुए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसा बोल रहा है बट हो सकता है अमोल की ज्यादा एड उनको ही दिखा हो तो इसलिए वहां से कन्वर्जन ज्यादा हो रहा हो यह भी हो सकता है ना ज्यादा एथ मेल को ही दिखे हैं इसीलिए कन्वर्जन वहां पे ज्यादा है तो ये भी हो सकता है चांदी ने बोला कन्वर्जन रेट प्रतिभा बोले कन्वर्जन रेट और बाकी लोग सीपीसी नहीं हो सकता है क्या जिसपे क्लिक सीपीसी सस्ता हो ओके क्लिक थ्रू रेट नहीं हो सकता है हो सकता है ना तो फिर कौन सा फिर इम्पोर्टेंट होगा डिपेंड करेगा सर क्लिक पे कितना क्लिक हुआ उसके हिसाब से आएगा। बिल्कुल नहीं तुम लोग सब गलत हो सब भूल गए तुम लोग एकदम सबसे तीन चार बार फंडामेंटल बता चुका हूँ क्या है विच स्टेज ऑफ द बिजनेस वी आर हम लोग अभी ट्राफिक फुटफॉल ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है सी पी है आर इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले के लिए तो क्लिक्स इंपॉर्टेंट है ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है तुम हर जगह पे अपना तुम ऑब्जेक्टिव तुम तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहेगा ना बताया ना आप लोग को अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग से राइट मैंने बताया ना फुटफॉल है उसके साथ में कुछ, जब तो मेरे मेट्रिक अलग होंगे कन्वर्जन होगा तो मेरे मेट्रिक्स अलग होंगे जब ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी होगा तो मेट्रिक्स अलग होगा हो तो हो तो बताया ना सबको आप लोग वो भूल जाते हो हमेशा वो तो सबसे फंडामेंटल है राइट है ना तो उस हिसाब से फिर हम लोग देखेगा ना कौन सा मैट्रिक्स राइट right? तो पहले तो ये हम लोग देख सकते हैं राइट right? इसमें से अगर हम लोग को और कुछ आइडिया लेना है तो देखो तो हाउस होल्ड इनकम से कुछ आइडिया मिलता है क्या टॉप टेन परसेंट थर्टी नाइन क्लिक्स लोअर फिफ्टी टू परसेंट में थर्टी टू क्लिक्स अगर मेरे पास तो अभी यहाँ पे कन्वर्जन का डेटा नहीं है ना, राइट? Right? या जो भी अभी मैट्रिक्स अगर देख रहे होंगे तो तो उस हिसाब से अभी देखो थर्टी नाइन क्लिक्स है टॉप टेन परसेंट मतलब ये बोरा कि इंडिया को अगर कैटेगराइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनकम के हिसाब से तो टॉप टेन के ब्रैकेट से इतने परसेंटेज लोग हैं है ना लेवन टू ट्वेल्व इसको भी टारगेटिंग में कभी हम कर सकते आउ... हैं ये, like, ये गूगल अपना कुछ डेटा साइंस लगाता रहेगा ना अभी मान लो इंसान जो गूगल पे सर्च कर रहा है प्रोडक्ट का नाम या उसके हिसाब से आइडिया लग सकता है नाइट ना? okay. एक इंसान आईफोन सर्च कर रहा है राइट और एक रियलमी सर्च कर रहा है तो उसे एक, एक लेवल का आइडिया लगा सकते हो कुछ तो ये एक क्वेरी हो गया वैसे आईफोन वाले का दस क्वेरी दिख रहा है तो सकते सकते ना कि ये बेसिकली हाँ किस्टेड हाँ, हाँ रहता है ज्यादा सही है ना? Yes, yes. Yes, तो उस हिसाब से गूगल अपने डेटा को कुछ कुछ रिफाइंड करता रहेगा ठीक है अब देखते हैं कि ये एड्स हमारे कौन से पेजेस पे दिखे कौन से पेजेस पे दिखे हैं राइट चलो देखते हैं कहां पे दिखेगा तो वो लेफ्ट में अभी हम लोग कैंपेन के अंदर में हैं और लेफ्ट में देखो प्लेसमेंट्स दिख रहा है प्लेसमेंट्स में वेर एड शोर्ड करके नीचे दिख रहा है जाओ उसमें अभी ये मोबाइल ऐप पे क्यों दिखा तो ऐसा मेरा ऑब्जरवेशन है देखो कैंपेन डेस्कटॉप तो नहीं नहीं, अच्छा के लिए टारगेट किया है तो मोबाइल ऐप कहाँ से आएगा मोबाइल ऐप मोबाइल फोन पे ही रहेगा ना तो मोबाइल की बिडिंग हमने फिफ्टी परसेंट डिक्रीज़ पे रखा था ना नॉट नॉट कम्प्लीटली उसको में जाओ, में जाओ, हाँ, में। में जा रहा उस अच्छा, तुमने हटाया नहीं था कम्प्यूटर और टैबलेट नहीं सर उसको फिफ्टी परसेंट डिक्रीज पे रखने बोला था ना आपने अच्छा तो अभी देखो इसमें सबसे ज्यादा क्लिक्स कहां से मैं सोच रहा था इस तो इसका नाम का इसका कैंपेन का नाम डेस्कटॉप रखने का फिर बाकी लोगों का अभी कल तो मैंने करवाया था तो हटाया था ना बाकी मैंने से आप लो लो लो था। था, कितने लोगों ने मोबाइल फोन के लिए बनाया तो दो ही तीन थे ना तो अभी देखो इसमें मोबाइल फोन ऑन रखा तो इसका पूरा क्लिक तो वही पे आयाकू डेस्कटॉप ये कैंपेन वन क्लिक्स राइट अच्छा इसमें अभी आप लोग को मैंने क्या बोला था अगर आप डिस्प्ले कैंपेन बना रहे तो आप लोग का बहुत सारा पैसा कहां कटने वाला मोबाइल एप्स पे बताया था ना मोबाइल फोन यूजर्स मोबाइल एप्स है राइट तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए बोला था वो एक्सक्लूड किया था देखो प्लेसमेंट्स में जाओ मेरे को आडिया था कि तुम्हारा डेस्टॉप में है, तभी तुम्हारा एक्सक्लूजन अच्छा है, तुमने वन एक्सक्लूड किया था जाओ एक्सक्लूजन में जाओ मोबाइल मोबाइल करने के लिए बोला था ना फोन यूजर्स को याद है सबको सर तो, तो अभी ये देखो इतने इतने कैटेगरी लेक्ट करो ऑल करो हंड्रेड ही क्यों अच्छा नीचे रो तक जाओ देखो उसको एक्सपैंड करो हाँ हंड्रेड और वन फोर्टी वन सिलेक्टेड दिख रहा है ना अभी अभी फिर सेलेक्ट करो सबको अभी देखो 141, 141 वन कैटेगरी से में? हाँ तो यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल ऐप पे नाइन क्लिक्स आए हैं बट अगर मान लो वो एक्सक्लूजन ये गूगल का कुछ बदमाशी होगा इसका एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन वाले लोग दिख रहे हैं ये हो सकता है डेस्कटॉप पे भी लोग ऐप डाउनलोड करते ना कभी राइट राइट डेस्कटॉप हो सकता है या फिर वो ब्लू स्टैक एक है जो अपने डेस्कटॉप को बहुत सारे लोग मोबाइल फोन जैसा बनाते हैं ना, बट लेकिन देखो बहुत कम परसेंटेज है अगर एक्सक्लूड नहीं किया रहता ना तो नाइनटी फाइव परसेंट क्लिक्स आते हैं मोबाइल एप से समझ रहे हो और ये कौन सा कैंपेन है डीएम ऑनलाइन डीसी नागपुर डेस्कटॉप अभी अगर हम लोग को यह आइडिया लगाना कि ये लोग कैसे अच्छे हैं या बुरे हैं यहाँ पे कन्वर्जन का अभी मान लो कन्वर्जन डेटा नहीं बट इसका हम लोग कुछ देखना चाह रहे हैं ठीक है थीके? तो अगर यूआरएल ट्रैकिंग यूज किया था ना हाँ सर किया है तो यूआरएल ट्रैकिंग में सोर्स में हम लोगों ने कैंपेन का नाम डाला था ना यस सर डाला ऐसा डाला था ना किसी के पास ये सामने दिख रहा है यू ट्रैकिंग तो प्लीज यहाँ चैट में डालेगा उसके बाद क्या किया था कॉमा ना उसके बाद फिर हम लोगों ने किया था नहीं ये चैट में डाल शुरू हाँ देट so हम लोग उसके साथ में देखते चल सकते हैं ना कि हमारा ये डिस्प्ले का था देखो तो so, मैंने डाला हाँ मिला मिला मिला थैंक यू तो अभी देखते हैं इसके साथ में क्या क्या है ना तो डिस्प्ले कैंपेन में ये आता नाम आता अकाउंट आईडी आता नेटवर्क डिस्प्ले का डी आएगा डिवाइस अगर मोबाइल फोन है तो एम डी है तो डी राइट और यूटीएम अंडरस्कोर मीडियम सीपीसी टर्म प्लेसमेंट ये हम लोग देखेंगे कस्टम इंटेंड डाला एड ग्रुप आई यूटीएम कैंपेन में कैंपेन आई डीएम ऑनलाइन इतना ही हम ने डाला था यूटीएम टर्म में कुछ ऐड कॉपी ओह शिट मैं यूटीएम टर्म आप लोग को देना भूल गया था क्या एक और यूटीएम अंडस्टोर कंटेंट उसमें हम लोग ऐड कॉपी लिख सकते थे बट ठीक है चलो फिलहाल तो तो अभी इसमें इस इस कैंपेन डीएम ऑनलाइन आ गया तो यहाँ पे शुभम का 77 ये दिख रहा है ना इसी से फिल्टर करते हैं यहाँ पे क्या क्या है सेवन सेवन ये अभी एनालिटिक्स में डेटा कैप्चर हो रहा है तो एनालिटिक्स पे जब हम पहुंचेंगे तो ये सब समझेंगे बट अभी आप लोगों ने सिंस डेटा डाला तो मैं देखता हूं कि जितने भी सोश मीडिया में जहां भी ये लिखा होगा वो सारा यहाँ पे आना चाहिए तो गलत हो, हो गया है सर कुछ टू के पहले डैश चाहिए अच्छा तो अभी शुभम से ये के दिख रहे हैं मई 23 से 24 गूगल एनालिटिक्स का थोड़ा डेटा पीछे चक्का चलता है मतलब वहां पे कितने हंड्रेड कितने क्लिक दिख रहे हैं शुभम पे सर शुभम कितने क्लिक्स दिख रहे हैं वहां पे तुम्हारे डिस्प्ले कैंपेन में कितने क्लिक्स आए हैं एक मिनट सर एक मिनट अभी वहां पे कितने 180 कुछ दिख रहे ना? बाकी लोगों ने दिख रहा है ना बट यहाँ ही दिख रहा है ना सबको समझ में आ रहा है ये डी क्या है ये डी कहां से आया देखो ये नेटवर्क की वैल्यू क्या हो गई सर डिवाइस का डी वो नहीं नो नो नो नेटवर्क नेटवर्क डिस्प्ले नेटवर्क का डी है हाँ सॉरी सॉरी ये सब कुछ दिख रहा है एवरीवन कैन कोरिलेट यस सर यस हस तो यहां पे सिर्फ डी दिख रहा है ना बाकी का डेटा बाद में आएगा एनालिटिक्स थोड़ा पीछे भेजता है ठीक है लेकिन चलो इनको देखें कि ये लोग अच्छे थे कई बुरे थे है ना तो इनका कितना टाइम स्पेंड हुआ हमारे वेबसाइट पे यहां पे देखो एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना टाइम उन्होंने डाला ग्यारह सेकंड और ये सब किससे आए हैं मोबाइल फोन से एम दिख रहा है यस yes, उसका मतलब क्या हुआ बेकार ट्रैफिक ना ट्रैफिक मेरा बेटा बोले रहे आप भंगार ट्रैफिक ठीक <laughs> है इसका मतलब पुअर क्वालिटी ट्रैफिक राइट कि अगर एवरेज ग्यारह ग्यारह मिनट ग्यारह सेकंड लोग डाल रहे राइट अभी ये यूट्यूब से एक आ गया है कोई जिसने बाईस मिनट यहाँ पे स्पेंड किया है